ये कह रहा था कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अब भी कर दो नहीं तो मूंगा तो। मोती झाझा के रारी के रामगा मोती झाझा के रारी के रा, सुंदर। लिया साई है पाता केरा सुंदर दूल्हा मारिया साई है रा टी जे बला कहाँ के नो की नाम महे कहाँ केरा टी जे बला कहाँ के नो की नाम महे कहाँ के बारतिया शाला नया है आ के बारतिया शाला नया धीरती है सोन हो के राटी जे बला गया नो की नाम है हो के राटी जे बला गया नो चान के भारतीय शाला या नया धीरतिया है जानक के भारतीय शाला आई नया धीरतिया है टाटा कहा के चलाबैया है कहाँ खेरा टा सोफरिया कहाँ के चला चलबैया है कैसा ना भालाई दूबरिया है कैसा नाला भाषा लादा नई दूबरिया है ना बादा के टट सोफरिया के चला चलबैया है ना नवादा के टट सोफरिया के चलबैया है पहला जैसन साला लाग दे तू बड़ी आला जैसन करियला लाद दे तू बड़ी आ रौसना माए लहा से, से सु भतावा है कहा से रौसना माए लहा से सुभा है कहाँ से मारती ये ले मारे सलाया किया है कहाँ से मारतिया ये ले मारे सलाया किया है